आप छुपते छुपाते यहाँ तक आ चुके और आप के बंदू की वाट लग रही है पर आप का यही तो खेल है भाई लोग आप छुप के खेलते और बंदूक की वाट लगा डालते देखो एक सामने से उड़ के गया और ये पीछे से आने वाले को अपन करेंगे पुरा का पुरा नहीं नहीं का रहा। पर आखिरकार अपने नौक कर दिया भाई लोग इसे पूरा मारेंगे पहले मेडिकट मारेंगे नहीं तो आप उनकी मतलब खटिया खड़ी हो जाएगी यहाँ पर चलो इसे पूरा मार ही डालेंगे तब तक आप करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए यार क्या जाता है आपका उसमें